उन चिल्ला ये क्या कर रहे गंदा कर दिया पूरा आ रहे उन लोग ये आ रहे वीडियो आ रहे लोग देखता <हुआ। laughs> <ए> रवि <रभी। laughs> ए, तेरा धोखे बात दिख गया वीडियो में आ रहे तो काले मार रहा है ना तो दिख रहा है वीडियो में अभिषेक कहाँ जा रहा है अभी आप तो तो <laughs> कहाँ जा रहे हैं बाथरूम में डांस करने एक बार इन्फिनिक्स का इसमें जाने का एक देख क्या था इन्फिनिक्स का फोन चंदन लास्ट टाइम आपने वो, वो क्या रही तो है ना लास्ट में है चल ना वो दोनों अलग से क्या आ रहे अपने साथ क्यों नहीं आ रही हमें तो कितना खाई है वॉशरूम में जाने का सब सबका ऑन कर दे अच्छा लगा रहे ग्रीन वाला एलियन। नाचो बर्बर ना दो बर -बर ना, ना मजा नहीं आ रहा है सुमके में नहीं तो। मोदी जी वाला मोदी जी वाला मजा नहीं आ रहा है आला लगा दूंगा लिख कर कितना वेक करना पड़ेगा अभी वो जो ना बंदी है रे पागल नहीं आ तो जैसे रह को को रही है घुसो जैसा लगता है कोई खूबसूरत लड़की उसके घर में जा गई आए कैमरा कैमरा ए मत फेंकिए सच में लग गया तो यही है सब आ रहे हैं अपने आगे पीछे ए मत मारिए ये एडिट करना पड़ेगा क्या हो जाए ए अपना ठीक करिए ए टेडी ए टेमरा ऊपर गाली मत दे एक बात अरे अब ये पागल आवाज आते उधर हां आवाज आते बंद करा <laughs> मजा नहीं आ रहा है कैमरा नहीं हाँ इधर अच्छा है गलो <laughs> <laughs> नौ मिनट का बन गया नहीं एडिट करूंगा पागल फटे एडिट होएगा इसमें करेगा तो, तो, तो फिर क्या चार पाँच मिनट का कब तुम्हारी महाका ये क्या है गेट मत खोलना गेट मत खोलना खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया दरवाजा बंद ना बंद चालू कर मैं तू हसू तो कैसा है फोन में भी लगा दिया इसलिए तो जितनी मस्ती कर रहे हो ना सब ब्लॉग में जाएगी यूट्यूब पे गायब अभी खोला नहीं अभी खोलूँगा इस आदमी के बाद तो हाँ तो आगे थे, आगे थे, ने थे। गया। थे हो गया तो मेरे मुंह पे <laughs> वीडियो पास करके फेसिल आज स्टोरेज फुल हो गया फोन का ब्लॉक हो गया मिश्रा मेरे लिए मेरे पानी निकालना मिश्रा ठंडा लेना हाय हाय इसका, इसका। चंदन मिश्रा हाथ नीचे नीचेगा पानी भी रहेगी दारू भी रहे इतना बार बार भी रहे <laughs> <laughs> ये पोछा मार दे मुझे <laughs> इससे पूरा कैपिटल मॉल का मॉलवा दे साफ हो जाएगा अरे चलना तू चलना ब्लॉग भी खत्म करते आगे का ब्लॉग कल देखना ये पर पर पर। चलते